उत्तर प्रदेश के सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को यह जानना जरूरी है कि यदि आपने अपना अंशदान समय से जमा नहीं किया यदि आपने अपना पंजीयन नवीनीकरण नहीं कराया तो आपको किसी भी योजना का लाभ कतई नहीं मिलेगा यह स्पष्ट रूप से हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपको अपने पंजीकरण को नवीनीकरण करके रखना होगा तभी आप योजनाओं का लाभ प्राप्त कर पाएंगे तो इसके लिए अब हम आपको आज यह बताने वाले हैं कि पंजीयन को नवीनीकरण करने के लिए आपको किसी भी जनसेवा केंद्र सी सेंटर लोकमाड़ी केंद्र में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है आप चाहें तो अपने मोबाइल फोन से अपने घर से अपना पंजीयन नवीनीकृत कर सकते हैं इस बारे में डिटेल से आज हम बताने वाले हैं कि आप अपना पंजीयन अपने घर से अपने मोबाइल फोन से किस प्रकार नवीनीकरण करेंगे किस प्रकार फीस को जमा करेंगे नमस्कार साथियों मैं हूं राजू खान और आप देख रहे हैं बीओसी वर्कर फेडरेशन ऑफ इंडिया का अपना यूट्यूब चैनल तो चलिए इस विषय पर आज शुरू करते हैं कि कैसे आप अपना नवीनीकरण अपने फोन से कर सकते हैं इसके लिए आपको एक एंड्रॉयड फोन की ज़रूरत होगी और आप अपने घर से ही अपना अंशदान जमा कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है इसमें यू पी इंटर करेंगे और सर्च करेंगे सर्च करने के बाद आपको आगे जो यूजर इंटरफेस आएगा वो यूपी पी का खुलेगा ये कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा स्कॉल करना है स्कॉल करके नीचे देखेंगे नवीनीकरण में जाएंगे नवीनीकरण का आवेदन इसके बाद आप अपना श्रमिक पंजीयन संख्या यहाँ डालेंगे कैप्चर फिल करेंगे और सर्च करेंगे आपके सामने संबंधित श्रमिक का डिटेल आ जाएगा स्क्रॉल करके देखेंगे डिटेल आ चुका है आप सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कब तक का अंशदान जमा है तो आप देख पा रहे हैं इसमें आप यहां पर अपना बैंक डिटेल भी एडिट कर सकते हैं अगर कोई गड़बड़ी है कोई गलत चीज़ इंटर है तो खाता संख्या या एस कोड भी आप अपना यहाँ पर चेंज कर सकते हैं यहां पर आप अवधि चुनेंगे एक वर्ष दो वर्ष तीन वर्ष मैंने तीन वर्ष चुनी है आप विदेश में काम करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं हमने नहीं के क्लिक किया आगे बढ़े शुल्क जमा करें एक ओ आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड किया गया ओ यहां फिल करें ये आपका आ गया साठ रुपया आपका पेमेंट लगना है और इसे आप अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूपीआई से कर सकते हैं मैं फोन पे से कर रहा हूं ये साठ रुपया हमारे बैंक से रिडायरेक्ट कर दिया गया है अभी साठ रुपया जमा किया जा रहा है और इस प्रकार ये शुल्क हमारा साठ रुपया सक्सेसफुली जमा हो चुका है अब हम देखेंगे कि हमारा कब तक का ये निर्मल हो गया ये हम यहाँ पर रसीद भी ले सकते हैं जमा की और आगे चेक करते हैं कि हमारा निर्मल किस प्रकार हुआ पुनः कैप्चर फिल करेंगे उसी पंजीय संख्या पर और सर्च करेंगे ये डिटेल आ गया है इस कॉल करेंगे ये आप देख पा रहे हैं 24 तीन 2026 तक का शुल्क इसमें जमा हो चुका है चौबीस एक दो हजार छब्बीस सॉरी चौबीस एक दो हजार छब्बीस तक का शुल्क इसमें जमा हो चुका है इसने पहले एक वर्ष का ही शुल्क जमा था दो हजार तेईस तक का इस प्रकार अपना शुल्क आप जमा कर सकते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग यदि वीडियो उपयोगी लगा हो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये जानकारियाँ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके और लोगों को पता हो सके किस प्रकार आप अपना नवीनीकरण अपने घर से बैठ कर कर सकते हैं जिससे बिना नवीनीकरण के लाभ पाने से कोई व्यक्ति वंचित न रह जाए और सभी श्रमिकों को सुचारू रूप से योजनाओं का लाभ मिले इसके साथ ही आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में